Opened, I feel like, जैसे झटका लगा है बहुत बहुत तेज से से मेरे को और कुछ खुल गया खुल गया गया हाँ। हमारे पास मैंने ये ये Instagram page देख रही थी so मैंने ये तो तो कहा की पेन है और आठ नौ महीने से आप नहीं आ रहे हो आज इसका फर्स्ट डे है तो हम इसकी दो तीन वीडियोज बनाएंगे दो तीन सीरीज में इसका दिखाएंगे की कितना ये बेटर हो रही है कितना ये बेटर नहीं हो रही है तो आप प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा की स्टोरी काफी आज हम इनकी बैक और नेक की प्रॉब्लम बताएंगे और उसको एडजस्टमेंट के थ्रू ट्रीट करेंगे ऑन यर स्टमक ऑन माइ स्टमक आई टू टेकूज ओके तो हमने अब तक इनका क्या क्या किया है एडजस्टमेंट ओके तो अभी तक हमने कपिंग, नीडलिंग और एडजस्टमेंट किया है इनको थोड़ा सा टेल बोन का भी पेन रहता है लोअर बैक के साथ साथ और जो इनके फ्रंट में थोड़ा बहुत जाता है थाई के एक्ट्रेस के आसपास और ये भी काफी उठा हुआ है हम सब देख सकते हैं ये शोल्डर नीचे है ये शोल्डर जो नीचे होता है मेकअप आर्टिस्ट है तो आप सब समझ सकते हैं कि काफी झुक के फॉर बेंडिंग के साथ काम करना पड़ता है आ, और ये ही साइड ये लेफ्ट साइड की तरफ ही शायद ज्यादा झुक के काम करती है तो मैं इनको राइट साइड झुकने के लिए भी बोलूंगा क्योंकि यहाँ से क्लियरली हमें ये झुकता हुआ नजर आ रहा है ये लेफ्ट आर्म इनका शोल्डर वीक हो चुका है काफी ज्यादा तो मैं इनके पैर भी देख लेता हूं नाइस दे इज नो एज इशू लेंथ देखिए बिल्कुल बराबर है बट एक चीज़ हम देखें ये लेफ्ट हेप है वो थोड़ा हाइयर है कंपेयर टू द राइट साइड तो ये क्योंकि बैंड ही इस तरह से करती हैं तो ये सारे पोर्शन सारी मसल्स ज़्यादा स्टिफ और टाइट रहती हैं तो लेट्स सी द एडजस्टमेंट मैं थोड़ा सा हल्का सा इनका हैंडलिंग कर देता हूँ बहुत ज़्यादा पर नहीं थोड़ा सा Relax, easy. Breathe रिलैक्स इजी ब्रिथ आउट ब्रिथ आउट आउट राइट करेंगे Towards me. So. कितने अच्छे से खुला बेटा, कुछ पूरा से लेके नीचे तक यहां तक yeah, पूरा एक साथ बिल्कुल आप घूमने दीजिए इसको कमल नहीं घूमेंगे तो कैसे चलेगा easy <laughs> oh my god fuck ye guess me itni sari awaaze nikli ye meri awaaz aur uski awaaz sab mix ho gaya that's why easy relax breathe out nice quick seeda lete hain Ah. Uh, uh, easy. Voilà. Easy. Easy. 15. Nice. Easy. Voilà. So neat. Oh. Nice. <sighs> oh. It was opened, I feel like लगा बहुत से और कुछ खुल गया खुल गया हा गोर्स है ना हमें सपोर्ट किया yes. आप भी अपने फ्रेंड्स को बाकी सबको बताइएगा की थोड़ा ओपन लग रहा है जिससे कुछ खुल गया मेरी बॉडी में तो हम नेक्स्टेक्ट कर सकते हैं ऑन माई वीक ऑफ आई एम वर्किंग पर्सन सो आई एल बी कमिंग ऑन मंडे मंडे टुडे इज वेनसडे राइट सो नेक्स्ट वीडियो इन लोगों को मंडे को मिलेगी है ना सो व्यूअर्स प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कीप सपोर्टिंग अस थैंक यू